मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क से हरी झंडी दिखाकर ई बाइक का शुभारंभ कर दिया है खुद ई बाइक पर बैठकर उसका आनंद भी लिया यह बाइक छह स्टेशनों पर रखी जाएगी इस ई बाइक की सवारी के लिए पहले पंद्रह मिनट में बीस रूपए देना होगा और उसके बाद प्रति मिनट एक रुपया खर्च होगा नगर निगम ने शहर में ई बाइक की सुविधा प्रारंभ कर दी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में ई बाइक को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की स्मार्ट सिटी पार्क से सभी ई बाइक को एक रैली के रूप में टी नगर स्टेडियम ले जाया गया जहाँ खेलो इंडिया के खिलाड़ियों के लिए कुछ बाइक छोड़ दी गई उसके बाद इन सभी बाइक को भोपाल में बने स्टेशनों पर रखा गया आपको बता दें कि ये ई बाइक एक बार चार्ज करने पर 35 किलोमीटर चलेगी और यदि रास्ते में उनकी बैटरी खत्म हो जाती है तो स्टाफ आकर उसकी बैटरी बदलेगा ई बाइक को किराए पर लेने के लिए मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से चार्टेड बाइक एप डाउनलोड करना होगा एप के जरिए बाइक में लगे क्यू कोड स्कैन करने पर बाइक अनलॉक हो जाएगी ई बाइक के लिए पहले 15 मिनट पर ₹20 किराया देना होगा इसके बाद हर मिनट पर ₹1 चार्ज देना होगा इन ई बाइक को आई एस नगर जोन वन अटल पथ टी नगर स्टेडियम वन बिहार और बोट क्लब में रखा गया है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं